विक्रम यहाँ आपके सामने पांच बॉक्स है आपको बस वन स्टिक मूव करना है और इसको सिक्स बॉक्स में बदलना है क्या आप इसको कर लेंगे हाँ। वन स्टिक सिक्स बॉक्स बनाना है हाँ। वन तो, ये नहीं हुआ वन तो, विक्रम के लिए एक लाइक तो बनता है